बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का चलिए शुरू करते हैं आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसा व्यवसाय के बारे में जो एक ऐसा व्यवसाय का संगठन हो जिसका मालिक केवल एक ही हो और वह पूरे व्यवसाय का ध्यान रखता हो उसका प्रबंध करता हो और संपूर्ण लाभ हानि का जिम्मेदार वही व्यक्ति हो वह ऐसा कौन सा व्यवसाय है ऐसा वह व्यवसाय एकांकी व्यवसाय जिसमें जिसका मालिक केवल एक ही व्यक्ति होता हो वह संपूर्ण कार्यभार संभालता है और अगर उससे कोई भी चीज़ कोई त्रुटि हो जाती है तो वह उसे स्वयं सुधारता है आप अपने अगल बगल देख सकते हैं आपके अगल बगल गांव में बाज़ार में जितने भी दुकानें हैं सब एकांकी एक व्यापार से संबंधित ही दुकानें हैं वहाँ पर मालिक केवल एक ही होगा अगर वह किसी से किसी के दुकान पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो या तो अगर वह उसे वेतन ज़रूर देता होगा उसकी सेवा के बदले अगर वह सेवा के बदले वेतन देता है तो वह एकांकी एक व्यापारी है एकांकी एक व्यापार में सबसे अच्छी बात यह है कि आप कभी भी चाहें तो शुरू कर सकते हैं कभी भी चाहें तो इसका अंत हो सकता है जब चाहे तब शुरू कीजिए जब चाहे तब अंत की कर दीजिए और इसमें किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं भाई मैं ये बिजनेस कर लूँ क्या मैं फल का धंधा कर लूँ क्या मैं बैंकिंग सेक्टर खोल लूँ कोई ज़रूरत नहीं आप जब चाहे तब खोलिए और जब चाहे तब बंद कर दीजिए क्योंकि अगर इसमें लाभ होगा हानि होगा अगर जोखिम भी है अगर इसमें आपका ज़्यादा घाटा हुआ तो आपको आपका ही नुकसान जाएगा आपको अपने निजी संपत्ति से ही देना होगा आपको अपना घर द्वार भी बेचना पड़ के उसके कर्ज को पूरा ही करना होगा तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप जब चाहे तब इसे ओपन कीजिए और जब चाहे तब बंद कीजिए बहुत लॉकडाउन के वजह से बहुत सी दुकानें खुली कुछ दुकानें खुली भी टिकी भी तो बंद हो गई जब चाहे तब शुरू कीजिए जब चाहे तब बंद कर दीजिए हाँ पर ऐसा कोई व्यवसाय मत करिए जो उस राज्य या प्रदेश में वैधानिक रूप से कानून न अपराध हो धन्यवाद